जी भरे के देखा कुछ बात की बड़ी है दूध मुलाकात की बड़ी आर अब तो प्रभु करुणा की करो द्रीज अब तो प्रभु करुणा की बड़ी आद रू मुलाकात की नदी बर देगा नुक तकी की बड़ी आदि मुलाकात की गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी सभी गोपियाँ ब्रिज में व्याकुल थी भारी सभी गोपियाँ ब्रिज में व्याकुल थी भारी दिन बिताया कहाँ रात थी कहाँ दिन बिताया कहाँ रात थी बड़ी अर जूती का नदी भरती देखा न नख थी बड़ी अर जूती का बड़ी झूठी मुलाकात तो प्यारे कन्हैया चले आ वो अब तो वो प्यारे कन्हैया तो यहाँ सुनी कुंजने वो व्याकुल है गैया यहाँ सुन कुंजन और व्याकुल है गैया सुना दो ही ने अब तू धुन धुनमुर बड़ी आद दूदी मुलाकात की नजी बड़े ने बे कानी बड़ी दूध मुलाकात की में ही पाले हम बैठे हैं गमों का दिल में ही पाले भलाए से मैं खुद को कैसे संभाले भलाए से मैं खुद को कैसे संभालें मुनकी सुनी अपनी कही नी नही बड़ी आ रजू न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी यार बड़ी आ रज तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले कदमा के छैया वो, सामन वो, वो सामने वो पी -पी, वो पी -पी। के झूले वो कदम के छैया वो सामने के झूले न कोयल की पपीहक पीपी न कोयल की पपीह की पीपी बड़ी आना कभी देख ना बड़ी तो परिवार रुचि मुलाकात की कमलना यही थी कि आय मोहन चरणों में तन मन यह जीवन मैं चरणों में बारूंदी तन मन यह जीवन है मेरी ये बिगड़ी नदीब बड़ी आदू मुला बल के देगा न कुछ बात की बड़ी है बड़ी आदि मुलाकात की, की, की, की, की, की करो दृष्ट जब तो प्रभु करुणा की बड़ी यार दूसरी मुलाकात की बड़ी आद की मुलाकात